हेलो हेलो ये मैं हूँ और आज हम सब पिकनिक के लिए निकल पड़े हैं मुझे पता है व्यूज तो आने वाला नहीं है फिर भी वीडियो बना रहा हूँ ये देखिए हम सब अभी पिकनिक के लिए निकल रहे हैं और पिकनिक का मजा तो तब आएगा दोस्तों जब हम स्पोर्ट पे पहुंचेंगे तब तक वीडियो में बने रहे तो फ्रेंड्स हम लोकेशन पे पहुँच गए हैं अभी यहाँ पर खेल का मजा आने वाला है देखिए खेल जो है वो यही पे होने वाला है क्योंकि सारे लोग आ चुके हैं अभी सामान वगैरह और प्राइज वगैरह भी आ चुका है अब वीडियो भी बने रहे बहुत मजा आने वाला है दोस्तों तो भाई लोग हमारे एरिया का जितना भी ऑटो ड्राइवर्स है सब पिकनिक पे आए हुए हैं तो अभी हम मुर्गी का खेल खेलने वाले हैं देखते हैं कौन जीतता है अभी तक चार बंदे आ चुके हैं है। और ये दूसरा खेल है ये गाड़ी का टायर का खेल है देखता है इसमें कौन जीतता है और ये जब माइक पकड़ के इधर उधर घूम रहा है मैं हूँ मैं आदमी इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि पंद्रह बीस लोग आए और खेलें एक दो बंदा खेलने से काफी नुकसान होता है इसलिए दस बारह बंदा इकट्ठा कर रहा हूँ मैं अभी देखता हूँ टी टायर ना ना भी ना अरे भी, मुझे भी मुझे से, से। बात मोह मेरा पास टायर नहीं था जो चाहिए था हमको वो मिल गया थैंक यू वेरी मच्छी तो भाई लोग मुझे और एक गिफ्ट दिया जा रहा है जो कि ग्रुप की ओर से है और मैं इसे पाने के लिए काफी उत्सुक हूँ वाह वहाँ तो मेरे लिए चार चांद लग गए यार मैंने क्या क्या मुझे क्या क्या मिला है वो मैं आपको दिखाता हूँ देखिए मुझे इतना सारा चीज मिला है एक गिफ्ट मुर्गी एक टायर और हंस भी मिला हुआ है हाँ, तो दोस्तों अब एक नंबर का हिस्सा जो मीट है ये बंदा लेने वाला है दो, दो, दो, दो, दो, दो, दो, दो, दोस्तों अब मेरी बारी आने वाले हैं, तो मैं जाके लेके आऊँगा अपने हिस्से का ये देखिए मुझे अपने हिस्से का जम्मी दिया है अब मैं इसे घर ले जाके चाइनीज डिश बना के खाऊंगा तो अभी हमारे यहाँ खाना खाने का वक्त हो चुका है और यहाँ पे चावल रखा हुआ है चावल है मीट है और भी बहुत कुछ है देखिए जैसे सलाद है नींबू है जिसका जो मर्जी आए वो खा सकता है यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है जो जितना खाना चाहते है वो खा सकते हैं यहाँ पे बॉईल बनाया बनाया हुआ है बहुत स्वादिष्ट लग रहा है देखिए ये जो मैं परस रहा हूँ अभी और ये जो चटनी है वो परसूँगा और ये रहा जो कि स्लाट हम सभी को पता ही है और ये नींबू ताकि ज़्यादा खा कर हजम ना कर पाए तो वो नींबू कम आ जाता है तो दोस्तों ये शाम के वक्त है अभी हम लोगों का जब पिकनिक जो है वो ख़त्म हो गया अभी हम घर जा रहे हैं देखिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो पे थैंक यू वेरी मच